आज तो तो स्कूल गया अभी जैसे मिनट पहले जले अच्छा देख के तुमको दिल से निकले प्यारी प्यारी गजले और चुड़हेली लगेगी तो कितना भी सजले लो भाई। मुझे ना। ना लेका। कुछ तो होगा। भगवान ने इतना बुरा कौन लिखता जी कोई मुझे मारो कोई मुझे जहर दो इतनी इतनी बेचती मेरी इतनी बेचती मेरी किसी ने न किया मजा आ गया। बात तो सही है <laughs> सु में बे हम अकेले भी तन हेख <laughs> नाचिया वाह वाह वाह वाह वाह मैं जो फील कर रहा हूं वो ही लेना थैंक यू फॉर द 100 रुपी सुपर चैट अरे मजाक था लव फ्रॉम जाट रेंज थैंक यू सो मच फॉर द 100 रुपी सुपर चैट पर तुम्हारे मजाक मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इतनी मेहनत से कौन करता है तुमको तीनों तब तो मैं तारीफ कर देता आई विल से ओ माय गॉड oh किसने मेरी तारीफ करी वो भी इतनी सारी यू आर राइट ब्रो लेट्स पूरा टाइम बारिश होती रहती है मुख अभिक्षरण आर्ट यू यार थैंक यू सो मच यार मैं नहीं बताऊंगा भाई कितनी चाला लड़की है है। सारी को फड़के चेक कर रही है। मेरा इश्क मेरा इश्क कबूल करो ना इतनी भी खफा हो कि मेरा इश्क कबूल करो इतनी भी खफा हो और अपनी लोमड़ी सी शक्ल लेके चलो दफा हो सही खेल गया आपका दफा होना है, क्या? नहीं जी, नहीं। है तो हो ना गंदी शायरी शायरी तो गंदी होगी ना क्या कोई तारीफ नहीं की अगला एपिसोड दिल का किस्सा दिल का तक नहीं देखा दिल का किस्सा दिल का तक नहीं देखा और इतना खराब चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा <ँगा> थी, थी, थी, थी, क्या बोलना चाहोगे आप इसके का? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ वन लिख रहे हैं आराम गंदे अच्छा? ये बोलती बंद कर दी आपने देखा आपने मजा आ रहा है ना okay. दिल की बात कहा करो ना कभी आप म्यूट हो चलो सच कह कहता हूँ था, क्या मैं कहीं टीचर होने वाली हूँ सही <laughs> <शारी> पकड़े हैं <laughs> बातें बह के के से हम के बहके के से तुम तो फिर बात भी के बहके बहके पूरी कायनात में सबसे सुंदर लगती हो कि पूरी में सबसे सुंदर लगती हो और जब सच के आती हो तो क्या ही बिल्कुल लगती तो रुको। सभी कहू छपरी यूट्यूबर आप तो आपके नाम की तरह ही हो हमें छपरी हा, बिल्कुल nice. अरे ये तो किसी का डायलॉग है भाई भाई का है क्या चल के हम जाट भैया तुम लोग पूरा फैन हो हाँ रेंजर का हम भी फैन है दिल दिल में है प्यार मेरे में में में है है है है प्यार प्यार मेरे मेरे वॉलेट वॉलेट कैश कैश मेकअप करने के बाद भी दिखती तो भैं से और है <laughs> मैं अरे आज हूँके मत बोला यार ऐसे मत बोला करो यार दिल से मेरे को बहुत दिल से बुरा लगता है तिलकर टूट जाता है मेरा चक्र चूर हो जाता है चलिए एक काम कर दो सौ रूपये दे और पचास रुपया काट ओवर एक्टिंग के बच्चे